हेलो दोस्तों तो कैसे हो आप सब एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके चैनल सेल स्टेटस पे जैसा कि आप सभी को पता है कुछ ना कुछ नई वीडियो आपके सामने आती है तो उसी को जारी रखते हुए हम आपके सामने लेके आए हैं ग्रेटर देन जिन जी हां ग्रेटर देन जिन आज हम आप सभी के सामने लेके आए हैं यह बहुत ही डिमांड में रहती है और यह गोवा का बहुत अच्छा ब्रांड है लंदन ड्राई लंडन ड्राई स्टाइल में ये जिन बनाई गई है और इंडिया में ये मैन्यूफैक्चर होती है और पहले ये आपको गोवा में ही मिलती थी और अब ये हरियाणा में अवेलेबल हो गई है वो भी बिल्कुल चीपेस्ट प्राइस के अंदर और हरियाणा में ये आपको कहीं अलग शॉप पे नहीं मिलेगी वो हमारी शॉप पे अभी आई है ये तो सबसे पहले अगर आपको विजिट करना होगा हमारे जी टाउन वाइन शॉप पे तो वहीं से आप ये कलेक्ट कर पाओगे और हाँ इसका प्राइस गोवा से भी काफ़ी ज़्यादा चीपेस्ट रखा गया है तो बाय करने के लिए कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब